आज आठ प्रभुजनों को अपना घर भरतपुर की टीम द्वारा रेस्क्यू कर लाया गया है जिनमें पांच प्रभु जी की एडमिशन प्रक्रिया आप देख रहे हैं तीन प्रभु अभी वार्ड में हैं आप देख सकते हैं क्या स्थिति है बाबा दिखा रहे हैं जैसे कि यहां चोट है किसमें की गई अच्छा पैर में कीड़े पड़ गए कितने दिन जी वहाँ से कीड़े पड़ जाते हैं हैं वो भी भी रिजल्ट कर तन पर वस्त्र नहीं है कीड़े हैं इसमें है। और जब आए थे तो कपड़े इतने गंदे थे कि आपको दिखा नहीं, नहीं सकते और जैसा कि बताया पैर में ये हवा आप देख रहे होंगे जिसमें कीड़े ये देख सकते हैं आप बाबा बार बार पैर को दिखा रहे हैं काफी दर्द साहा है बाबा ने बहुत दर्द हो रहा है नीचे कर ले बाबा ये देख सकते हैं आप नंबर नंबर भी हालत पूछते हैं बाबू अभी क्या नाम है आपका सींग। रविंदर सिंह रविंदर सिंह सिंह परविंदर सिंह पानीपत ऐसी हरियाणा से जी बाबूजी जी पानीपत हरियाणा गाँव कौन सा है अर्जुन नगर अर्जुन नगर के पास अर्जुन नगर लाल बत्ती के पास जी जिला जिला काबरी रोड काबरी रोड काबरी रोड अर्जुन नगर गैस गोदाम के पास गैस गोदाम के पास सपना मेडिकल वो भी है वहाँ पे जी परिवार में कौन कौन है चार भाई अच्छा भाइयों के नाम बताएंगे पिताजी सिंह गुजर गए तीन साल के बाद चौथा साल तीसरा साल लग रहा है अच्छा पिताजी का क्या नाम है स्वरण सिंह सुरन सिंह दादी का नाम है बाघ सिंह अच्छा दादी का नाम है करतार भाइयों का नाम बताए भाइयों का क्या नाम है ब्रजिंदर सिंह ब्रजेंदर सिंह हाँ हाँ ब्रजेंदर और... बैटरी का काम करता किन का काम करते हैं बैटरी का अच्छा अच्छा बैटरी सरदार है ये जी जी सरदार है हम वैसे और... मैं मुसलमान हूँ ये सरदार है जो मेरे साथ मेरा बेटा है बेटा कौन सा आपका यही सरदार परविंदर सिंह अच्छा अच्छा ये इसको बुधवार को गाड़ियों पर चढ़ गई थी दारू पी के सोरा था पे कौन पर सिंह अच्छा अच्छा क्या काम करते हैं आप मैं ईट चलाने का और लेंटर खोलाने का, का काम करता हूँ अच्छा लेंटर का पानीपत में पानीपत में पानी शादी हो गई आपकी हाँ शादी हो चुकी है बच्चे हैं हाँ बच्चे पत्नी का तो क्या नाम है रीना रीना और बच्चों का अमन अमन और हर्ष हर्ष और मोटा लाला मेरा क्या मोटा लाला अच्छा प्यार से मोटा लाला बुलाते है उसे। आ, हैं उसे वो जब भी देता मेरे को अब घर जाना चाहते हैं घर जाने की इसको आपके पैर में तो बहुत घाव है अरे दो महीने का प्लास्टर लगा दे अब कुछ नहीं कीड़े इसमें जी अब कुछ नहीं है दो महीने का प्लस्तर चाहिए अच्छा यही पे ड्रेसिंग की गई थी हाँ यहीं पे अच्छा अच्छा पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ जा रहा हूँ वही लेके आए जी जी बिल्कुल आपको घर भेजवाएंगे आपने अपना पता नंबर बता रहे थे आप अपना पचपन मिलाना नंबर हुँ? सर आप इधर आ जाए इधर आ जाए आप।, आप नंबर बताना और ये भैया आ रहे हैं ये नंबर मिलाएंगे पहले ये देख पंद्रह सौ रुपये लूटा पहले नंबर बताएं घर बात करवाते हैं आपका किसने लूटा चोरों ने हाँ। दिल्ली में बाबूजी नंबर मारे रुपए लेके से मेरा पानीपत का किराया दस रुपए का लगता जी उसको मैंने कहा कि सौ रुपए दे दे, वो हाँ। बिचारे ने दे दिया आप अपना चार। चार। चार। मैं एक सौ रुपया और देते दे। अस्सी रूपए लगते है बाकी जाके दारू दारू पी लूंगा अभी घर जाना है ना आपको आप फिर उसको बताए अपना नंबर बाबा और कुछ पैसे चाहिए हजार रुपया हो गया मेरा फिर उसने बोला कि और पैसे चाहिए जब ब्लेट वाले मार के कहते टेम्पू तेरे लिए करवा के लाते अभी बाबा पानीपत के लिए सिद्ध और पाँच सौ रुपये वो लेके गए मेरा बात कराए घर पे नंबर बताएं बाबा बानवे पचपन बानवे बानवे पचपन बीस बीस दस दस उन्नीस उन्नीस उन्नीस नंबर मिलाएं बाबा की बात कर माँ बात करवाएं मेरी से किन का है ये नंबर बड़े भाई का बजिंदर अच्छा, अच्छा। का बजिंदर का आ, बजिंदर। हाँ। और हम चार भाई हैं देख सकते हैं, हैं। बैटरी का काम करते हैं और चार भाई वर्क भी बता रहा है बैटरी वर्क चार भाई हैं हम चार भाई हैं हेलो <laughs> ये बात नहीं करेगा कर के हेलो नमस्कार चुका है बात कर रहे हैं आश्रम के जो के सह सहायक हैं जो सिंह हेलो हाँ सर मैं अपना घर आश्रम भरतपुर से बात कर रहा हूँ हाँ सर यहाँ पे आपके भाई आए हुए हैं परवीन जी उनकी सांस बहुत कम चल रही है गांधी में बात करोगे उनसे बात करेंगे दूर से बात करो हेलो परवीन बोल रहा रहे मैं चाचा जी हाँ नंबर गलती कर रहे हो देख सकते हैं आम आप क्या स्थिति आप वस्त्र देख रहे हैं पता नहीं कितने दिनों से लग भैया क्या नाम है आपका नरेश नरेश नरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं जी भोपाल के भोपाल में कौन सा गांव है जिला कौन सा है अलीपुर में मन? अलीपुर अलीपुरन्नीपुर गांव है ये और जिला अच्छा परिवार में कौन कौन है आपके है भाई शादी नहीं हुई शादी हो गई पत्नी का क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ है अच्छा भोपाल से कैसे निकले आप काम करने के लिए निकले थे क्या काम करते हैं आप जी कोई कोई कोहिमा वहाँ क्या काम करते थे कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ भाषा समझ नहीं आ रही है और भोपाल के रहने वाले भी बता रहे हैं अच्छा पत्नी का नाम बताएं पत्नी का क्या नाम है भाई का क्या नाम है पिताजी का आ, कुछ भी बात समझ नहीं आ रहा है जैसा कि इन बाबा ने घर पे बात की अपने और अपना नंबर भी बताया इनसे पूछते हैं ये है भी हैं इन भी चला फिरा नहीं जाता शायद पैर लाइजें देख सकते हैं आप ये हाथ कैसे क्या परेशानी है हैं अच्छा अच्छा नाम क्या बाबू जी आपका रामनारायण रामना कहाँ के रहने वाले हैं जी उत्तरकाशी उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है हरिद्वार में जी गांव कौन सा है रजौली जी परिवार में कौन कौन है बाबू कोई नहीं अकेले हैं तो फिर अकेले कैसे खाने पीने की व्यवस्था रहने की कहाँ रहते थे आप इससे पहले इससे पहले कहाँ रहते थे अच्छा उत्तरकाशी में किस जगह रहते थे मंदिर में रहते थे वहीं खाना पीना होता था जी अब परिवार में कोई भी नहीं है और ये ये कैसे हुआ ये आपका हाथ पर आला ऐसे हो गया जी लखवा कितने दिन हो गए एक साल, डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गए फिर आप चला फिर भी नहीं जाता है ऐसे ही देख सकते हैं परिवार में कोई नहीं है देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है और जैसा कि पैरालाइसिस है, करीब एक दो साल हो गया है पैरालसिस हुए अब अब यहीं रहना फिर आराम से यहीं पर रहना है में में मैं अपने लगा दिया हो पाए जी नहीं सब कुछ हो आपके। और एक ये भैया इनके पास भी है आप छड़ी देख रहे हैं क्या नाम है भैया आपका किन्नू राव राव राव कहाँ के रहने वाले हैं अलीपुर है। अलीपुर अलीपुर कहाँ पड़ता है चाय चाय का का गार्डन होता है ना चाय हाँ। चाय का दिन। दिन। का का टी टी गार्डन? गार्डन होता है ना वाला। वहाँ तो पर मेरा गाँव है राज्य कौन सा है बिहार के बंगाल के बंगाल बंगाल के, के रहने वाले हैं जी गाँव कौन सा है गाँव हमारा तो पकड़ता पकड़ता है कौन सा? है कौन, कौन है भी भी है नरुआला जी परिवार में कौन-कौन मेरा मेरा पत्नी का क्या नाम है और फोको, बच्चे है राजूमनी राजू मुनि और लाल मुनि जी तो फिर आप बंगाल से कैसे आ गए पता, पता नहीं घर से क्या हुआ हमको घर से कोई भी कहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था घर से दिमाग खराब हो गया निकल गया हम तो कहीं भी जाने का प्लान नहीं था कपका हो गया क्या काम करने निकले थे या वा? ना ना काम करने के नहीं कोई काम करने का घर में काम है दिमाग खराब हो गया घर में कैसे कहा निकल कर गया मैं ठीक है और ये आपका पैर ये छड़ी तो छड़ी तो दिमाग खराब मैं था मैं जाम मर दिया पैर खराब जी जाम मर दिया दिमाग खराब नहीं हो गया डी पास मैंने जान मर दिया जी जी ठीक है बिल्कुल घर भिजवाएंगे आप कोई घर का नंबर मोबाइल नंबर पता है मोबाइल है लेकिन नंबर तो पता नहीं, नहीं। जी कोई... जी और आप ये देख रहे हैं ये बाबा बाबू जी क्या नाम है आपका विनय कुमार विनय कुमार कहाँ के रहने वाले हैं वैसे तो पीछे से तो सहारनपुर गाँव रहने वाला सहारनपुर मेरठ हाँ हाँ जी गांव कौन सा है गाँव तो शहर शहर कहीं है अच्छा मेरठ के ही है क्या अच्छा, सहारनपुर के मेरठ के, के।, हाँ, तो के पास है हाँ, हाँ हाँ कोई गली कॉलोनी कॉलोनी हमारी वो है पंजाबी बाग पंजाबी बाग सारनपुर में परिवार में कौन कौन है परिवार में अब तो काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं, हो गया नहीं पाँच छः साल हो गए जी वैसे वह वहाँ पे भाई भाई रहते हैं भाई भागिया शादी हो गई नहीं मेरी भी नहीं हुई शायद अच्छा भाइयों का क्या नाम है भाइयों का नाम है एक का अजय कुमार है जी एक का अमित अजय और तुम्हारा देख सकते हैं आप जैसा कि विज्ञान ने और सभी अपना पता सही बताया है सभी से नम्र सहयोग है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने घर तक पहुंच सकें सभी साथियों को प्रणाम